उदा है आस सारा दिन पूरा दिन रहते हो ये सब करके क्या सिर्फ ये हो क्या ये हर तुम्हारा दिमाग खराब है सेथी वो है। नहीं है तुम तो हर रोज मतलब बाहर ये करो वो करो हर तो बस शौक है मेरा शौक है अरे इतना भी मतलब पागल जैसा क्या मतलब या या ऐसे। ये। अभी पड़ता है तुमसे बहस करने है चुप रहो चलो तुम तुम भी हो एकदम नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं एक एक नहीं गया ना ना बस मैं मैं अभी रखो तू आ से मुझे नहीं मेरा मूड ऐसे मेरा भी तो कुछ मूड है मेरा मूड Oh, मेरा मेरा मेरा मेरा तो नहीं नहीं नहीं नहीं पहले नहीं, पहले ही वो उसके बाद नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। कर। मैं करो कि कुछ जाएगा ठीक है ठीक है चल पिछले उसके बाद वो वाला ले तो नहीं नहीं हो गया हो गया नहीं पर पर और नहीं और सो गया अब हो गया ना बस अब रख ना लेते हो गया तेरा प्रॉमिस रखोगे नहीं तेरा प्रॉमिस करक दिए तू मेरा प्रॉमिस कर मैं रख दूँ तू हम तो बस कर रहे हैं आज मुझे बता हम चुप शांत कहना है है है है कुछ नहीं हो रहा है। आ, उतार गे। उतार गे। उतार गे। रहा है, रहा चल थोड़ा मैं लग ये घरे का भी थोड़ा सा कर तो लग रहा है ना चुभ रहा है इसलिए ना तो देखो, नहीं, नहीं? नहीं? नहीं? नहीं? नहीं? नहीं? तो ऐसे ही खूबसूरत है ये पहनने की जरूरत नहीं है इतना सारा पहन के कैसे तुम तो लड़की हो तो, तो दो दो है? अरे, अरे? हमको भी करना है क्या करना है हमको भी चाहिए कौन री है हमको भी चाहिए अरे वीडियों वीडियों नहीं रवि को हमको भी चाहिए नहीं चल चल मार तेरे पे तेरे पे, तेरे पे अपना जान, ना जान पे रहे है अपना जान जान जान कि अरे अरे अरे छोड़ छोड़ छोड़ राजी हो जो जाओ मेरे लिए राजी हो जो एकदम अरे बोल रहे क्या देख ना ये इधर देख ये रखा है तो मार अरे चूरी रखा है तेरे तो ते, ते ते लिए सुहाग चाहता है कि कौन कौन जो भी हो आपके आप मैं आपकी अरे वो तो है अभी जान पे अटके है तू अपनी भाई अरे वो घुसा दे गए तेरा ज्यादा ना तेरा गहना निकाल तेरा सेल्फी कहाँ गया वो फोन वो लेके मैं जा रहा हूँ देख रहा हूँ मैं जा रहा तो हूँ ये सब मैं लेके जाऊंगा पढ़ना दे दिया नहीं दूँगा दे दे दे। दे ये नहीं मिलेगा ये मैं लेके दो दो ये दे दो। नहीं। नहीं। नहीं। देख भी भी देख। अरे देख क्या है देख अरे देख क्या नजारा है क्या बीबी है और के लिए वो भी तो है तुम बाहर में मेरा सबसे चल भाई आज दोनों खेलते हैं ये नहीं दूंगा पहले करूँगा उसके बाद उसके बाद में दूंगा क्या बिना लाने पर चल आ जा हाँ जा देखा। देखा। देखा।